आज की इस वीडियो में हम बतलाएँगे नेक बीवी के अवसाफ़ फजाइल निकाह कैसी औरत से करना चाहिए नाफरमान बीवी की असलाह का तरीका शोहर और बीवी एक दूसरे के हकूक का लिहाज रखें तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए कसर अहदीस में नेक बीवी और पारसा बीवियों के अवसाफ और फजाइल बयान किए गए हैं जिनमें से ये है पहली चीज़ حضرت ابو हज़रत अबू उमामा रज़ी से रवायत है कि रसूल सल्लम नेरशात फरमाया तकबे के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है बताओ कितनी बड़ी बात है तकवे से बेहतर नेक बीवी उसको मिल जाना उससे बेहतर समझो कोई चीज़ है ہی نہیں اور وہ اسے حکم دے تو وہ اطاعت کرے اگر وہ اسے دیکھے تو خوش کرے उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शोहर के माल में भलाई करे मतलब उसकी हिफाजत करे ये है नेक बीवी के और फज़ाइल अब दूसरी हदीस क्या है हज़रत आब्दुल्ल अब बिन अब्बास रजीलम से रिवायत है कि रसूल सल्हु वसलम इरशाद फरमाया चार चीज़ें ऐसी हैं उसे दुनिया और आखिरत की भलाई मिले चार चीज़ें ऐसी मिल गई अगर उसे तो उसे समझो दुनिया और आखिरत की भलाई मिल गई नंबर एक शुक्र गुज़ार दिल उसे मिला तो समझो बहुत बड़ी नहमत दूसरी चीज़ याद खुदा करने वाली ज़बान मिली जबान से खुदा को याद करने वाला जबान मिली मतलब जो हर वक्त अल्लाह का कर ज़िक्र करती रहती है बहुत बड़ी नहमत मिली तीसरी चीज़ है मुसीबत पर सब्र करने वाला बदन मिला आपको कहीं पर कोई बीमारी पहुंची या मुसीबत पहुंची या आपने उस पर सब्र करा ये भी बहुत बड़ी चीज़ मिली आपको और चौथी चीज़ ऐसी बीवी के अपने नफ्स और शोहर के माल में गुनाह की मुतलाशी ना हो यानी उसकी हिफाजत करे अपने शोहर की भी और उसके माल में भी उसकी हिफाजत करे उसमें खयानत ना करे तो ये हमने नेक बीबी के औसाफ फाइल बदलाए चलो अब आ जाते हैं दूसरी तरफ के निकाह कैसी औरत से करना चाहिए देखें आजकल हमारे यहाँ एक ट्रेंड जो चला हुआ है वो ये है कि कुछ भी नहीं देखा जाता है ना उसके अखलाक ना उसकी सीरत ना उसके किरदार बस खाली ये देखा जाता है कि वो पैसे वाला है या नहीं है हम जैसे मौलवियों हों या और कोई हों उनके जैसे लोगों को बिल्कुल भी कतई वैल्यू नहीं दी जाती है तो ये यह हमारे यहाँ पता नहीं बहुत बुरी चीज़ जन्म ले रही है कि हम उसी से ही रिश्ता करेंगे जो खूब महज अमीर कबीर होगा बस इनके यहाँ गरीबों के यहाँ नहीं आएँगे तो मेरे भाई इसका भयानक अंजाम भी आपको बाद में देखने को मिल जाएगा तो पहली चीज़ ये समझ लीजिए निकाह के लिए औरत का इंतखा के वक्त उसकी दीनदारी देख ली जाए उसकी दुनियादारी ना देखी जाए कि वो कितनी पढ़ी है उसके पास कितना एजुकेशन है क्या उसके पास आगे के लिए तो दीनदारी देख ली जाए दीनदारी ही कोई तरजीह दी जाए और जो लोग औरत का सिर्फ़ हुसन व जमाल या मालदारी यात या, या मनसब या और कोई इससे फ़ायदे के लिए उससे करते हैं तो इस हदीस पर ज़रा ग़ौर कर लें हदीसें भी सुन लें हज़रतन से, से रवायत है कि सरकार सल्ह्लाशाद फरमाया जो किसी औरत से उसकी इज्जत के सब निकाह करेगा अल्लाह उसकी ज़िलत में ज़्यादती कर देगा और जो किसी औरत से उसके माल की वजह से निकाह करेगा उसके पैसों की वजह से निकाह करेगा तो अल्लाह उसकी मोताजगी को बढ़ा देगा और जो इसके हसब यानी मरतबे के लिहाज से ख़ानदानी हिसाब से निकाह करेगा तो अल्लाह उसके कमीने पन में ज़्यादती कर देगा तो हमें बहरहाल नेक सरत देखना चाहिए और महज़ ये सोचना चाहिए कि अमीर होना चाहिए उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा तरबियत कर दें पली पलाई ना मिली हो हम उसकी तरबियत ज़्यादा कर दें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए तो ऐसी औरतों से निकाह करें उनको अपना पैगाम भेजें जो दीनदारी भी हो और थोड़ी सी दुनियादारी लेकिन ज़्यादा दीनदारी हो और बहुत सारी चीज़ें देखना और ये नहीं देखना कि वो खूबसूरत है ये नहीं देखना उसके पास कितना पैसा ये नहीं देखना कि उसके पास कितना एजुकेशन है बल्कि आपको करना है अब अच्छा आ जाते हैं तीसरी चीज़ नाफ़रमान बीवी की असलाह का तरीक़ा क्या है कैसे मनाया जाए सबसे पहले नाफ़रमान बीवी को अपनी इत के फ़वाद उसको बदलाए जाएँ उसके फ़ायदे बदलाए जाएँ नाफरमानी के नुकसान बयान करे जाएं कुरान और हदीस में जगह जगह वायदे समझ बदलाई गई हैं नाफ़रमान बीवी के लिए तो ये वायदे उसके समझाओ सुनाकर कर उससे समझाओ उसके बाद भी ना माने तो उनसे क्या कर दो अपने बिस्तर अलग कर लो फिर भी ना माने मुनासिब अंदाज में उन्हें मारो इस मार से मुराद ये है कि हाथ या थोड़े बहुत ऐसी जैसी चीज़ से मारें कि नाग आजा के अलावा बदन पर एक दो जरबे लगा दें एक दो चोट बस खाली बदन पर मार दें यह ना करें जो आजकल उल्लू लोग कर रहे हैं कि वो डंडा उठाया या घूसे मुक्के लातें कुछ भी हुआ ऐसा मारा कि लहूलुहान कर दिया इस तरीके से बिल्कुल नहीं बल्कि एक हाथ छोटे मारें बस इस तरीके से और सबसे पहली चीज़ उसको मनाने की कोशिश करें उसके बिस्तर अलग करें और उसको नाफ़रमानी के वाहदे बतलाएँ कि कुरान हदीस में जगह जगह बदतरीन से बदतरीन बीवी बतलाई गई जो अपने शोहर की फरमाबरदारी ना मानी जाए तो ये सब वायदे सुनाएँ और जो आस पास के पड़ोसों की जो मिसालें हो सकती हैं वो उसको दे के समझाएँ तो ये नाफरमान बीवी की असलाह का तरीका हो गया अब आ जाते हैं शोहर और बीवी दोनों एक दूसरे के लिहाज का हकूक़ का लिहाज रखें औरत और मर्द दोनों को चाहिए कि एक दूसरे के हकूक़ का लिहाज रखें इस सिलसिले में पांच अदीस हम ले आए हैं हजरत आमर बिना आस रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हजूर सल्ला वल्सात फरमाया मैं तुम्हें औरतों के हक में भलाई की वसीयत करता हूँ और वो तुम्हारे पास मुक्न हैं तुम उनकी किसी चीज़ के मालिक नहीं हो अल्बत्ता यह है कि वो खुल्लम खुला बेहयाई की मरतकब हों अगर वह ऐसा करें तो उन्हें बिस्तरों में अपने बिस्तरों में अलादा छोड़ दो और अगर ना माने हल्की फुल्की मार लें फिर अगर वो तुम्हारी बात मान ले तो उनके खिलाफ कोई रास्ता तलाश ना करो तलाश ना करो तुम्हारे औरतों पर औरतों के तुम्हारे ज़िम्मे कुछ हुकूक हैं तुम्हारा हक ये है कि वे तुम्हारे बिस्तरों को तुम्हारे नापसंदीदा लोगों से पामान ना करें यानी ऐसे लोगों को ना आने दें घर में जिनसे आपका शोहर क्या होता है नाराज़ होता है अब मतलब अपने नफ्स की हर एक बदन की शरमगा की अपनी हर एक चीज़ की इज़्ज़त की हिफाजत करें तो शोर की खयानत ना करें उसकी हिफाजत करें तो ऐसी चीज़ें बार बतला रहे हैं कि बिस्तरों को तुम्हारे नापसंदीदा लोगों से पामाल ना करें ऐसे लोगों को तुम्हारे घरों में ना आने दें जिन्हें तुम ना पसंद करते हो तुम्हारे ज़िम्मे उनका ये हक है उनसे भलाई करो और उंदा लिबास और अच्छी ज़ा दो ये मर्द के ज़िमे औरत के हकूक़ कि उन्हें अच्छी गज़ा दो उनके साथ भलाई करो औरतों और के जो जिम्मे हैं वो है उनकी इता करो और उनसे जो नापसंद लोग हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते उनको ना आने दें उनकी हिफाजत करें और अपनी भी इज़्ज़त की हिफाज़त करें अब दूसरी हदीस और सुन ले दीजिए हज़रत महाज़ बिन जबल रसी से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्ला वसलम नेत फरमाया जब औरत अपने शोहर को दुनिया में तकलीफ देती है तो हूरैन यानी हूरें कहती हैं अल्लाह तुझे कत्ल कर दे इसे ईज़ा ना दे ये तो तेरे पास मेहमान है आन करीब उससे जुदा होकर हमारे पास आएगा तो औरत जब किसी मर्द को तकलीफ़ देती है तो हूरे भी क्या कहती हैं बदुआ देती हैं कि तुझे अल्लाह कत्ल करे कत्ल करे इसे तकलीफ़ ना दे ये तो हमारे पास मेहमान है तो मेरे भाई बात समझ में आ रही है हाँ अब आ जाते हैं तीसरी हदीस की तरफ़ उमुलिन उम सलमा रज़ी अल्लाहा से रवायत है कि सरकार तो आलम सल्ला वसम नेत फरमाया जो औरत इस हाल में मरी कि उसका शोहर उस पर राज़ी था तो वह जन्नत में दाखिल होगी बहुत बड़ी बात है मेरे भाई असल चीज़ देखो अगर अल्लाह शोहर के बाद किसी को सजदा करने मतलब अल्लाह के बाद अगर कोई अल्लाह अगर किसी को सजदा करने का देता तो सोचो मेरे भाई औरतों को अपने शोहरों को सजदा करने का हक़ देता बहुत फजीलत है अहमियत है मेरे भाई औरत ने कान खोल के सुने क्यों आज वो दूसरों की देखा दाखी में पड़ी हुई है, वो सोच नहीं है दूसरे घर ऐसे चल रहे हैं हमें हम सोचते हैं कि ये हमें इन्होंने नौकर बना लिया कोई नौकर वौकर नहीं है मेरे भाई अल्लाह के लिए इनको हुकूक को पूरा करो और इनसे खुश रहो और वो तुम्हारा शोहर भी तुमसे खुश रहें अगर इस हाल में मौत आ गई तो समझो जन्नत में दाखिल हो गए बहुत बड़ी बात है चौथी हदीस आये अब हुर रसी से मरवी है कि सरकार दो आलम सलील्ल वसम्शात फरमाया मैं मैं मैं मैं औरतों के बारे में भलाई करने की वसीयत करता हूँ तो मेरी वसीयत को कबूल करो वो पसली से पैदा की गई हैं और पसली में से ज़्यादा पसलियों में से ज़्यादा टेड़ी ऊपर वाली है अगर तो उसे सीधा करने चले तो तोड़ देगा और अगर वैसे ही रहने दे तो टेड़ी बाकी रहेगी तो बहरहाल इस हदीस का मतलब ये है कि औरतें तो थोड़ी नाजुक होती हैं ज़्यादा टेढ़ी होती हैं अगर तुम उन्हें ज़्यादा सीधा करने की कोशिश करोगे तो और ज़्यादा टेढ़ी हो जाए मुनासिब अंदाज से किसी तरीके से समझाएं। अब आदमी पाँचवीं हदीस की तरीब हज़रत अबू हुरार रज़ी से रिवायत है कि नबी अक्रम सलील वशात फरमाया औरत पसली से पैदा की गई है वो टेली कभी सीधी नहीं हो सकती अगर तो उसे बरतना चाहता है इसी हालत में बरत सकता है सीधा करना चाहेगा तोड़ देगा और तोड़ना तलाक देना है मतलब ज़्यादा मार पीट करना फिर वो क्या हो जाएगा तलाक देना मुनासिब अंदाज हो जो हो मनाने का तरीका हो उससे उसको निकालने किसी तरीके से बात अपनी बना लें तो अल्लाह दुआ है कि अल्लाह ताला बीवियों को अपने शोहर के हुकूक पूरे करने की तौफीक अदा फरमा और शोहर को अपनी बीवी के हुकूक अदा हकूक़ अदा करने की तोफ़ी अदा फ़रमा और दोनों में मोहब्बतें बेशुमारता फरमाएँ अल्लाह ताली हम लोगों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तोफ़ी अदा फ़रमा आमीन